इस बैल का नाम वेणु है और इसके शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था असल में ये एक सजा का नतीजा था जो इसके मालिक ने इसको दी थी क्योंकि घर से निकाले जाने के बावजूद वापस घर आ जाता था। पर अब की बार जब वापस वेणु घर आया तो इसके मालिक ने उस पर उबलता तेल डाल दिया ताकि ये लौट के कभी दोबारा ना आए इससे वेणु के शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह जल गया और इलाज ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में वो घाव गलना शुरू हो गया उसके घाव से इतनी बदबू आना शुरू हो गई कि हर किसी ने उसको अपने घर के सामने से दुकान के सामने से दूर भगाना शुरू कर दिया पर एक इंसान था जिसने जब वेणु को देखा तो उसको घृणा नहीं वेणु पे तरस आया उसने कई जगह मदद मांगी पर हर जगह उसको सिर्फ ना ही सुनने को मिली उसने जब हमें फोन किया तब भी उसके हाथ निराशा ही लगी क्योंकि हमारे पास भी बिल्कुल जगह नहीं थी उसने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिर में दीपाला जो कि शिमला के पास एक शेल्टर चलाती है वो वेणु को लेने के लिए तैयार हो गई अब दीपाला वेणु को रखने के लिए तो तैयार थी लेकिन वो भी उसका इलाज नहीं करा सकती थी तो उन्होंने भी घूम फिर के फिर हमें कोई भी ऐसी नहीं है को रख के उसका इलाज किया जा सके दो तीन दिन में जैसे ही हमारे क्लिनिक में जगह बनी तो हमने आस पास का कोई और केस न लेके वेणु को प्राथमिकता दी क्योंकि हमें पता था कि भाई हमारे बाकी केस तो ठीक हो गए वापस सड़क पे ही जाते हैं कम से कम वेणु के पास जाने के लिए ठिकाना होगा लेकिन जब वेणु यहां पहुंचा तो एक नई मुसीबत सामने आई उसके शरीर पे छोटे छोटे लंप्स बने हुए थे, जो कि लंपी स्किन डिजीज का लक्षण है लंपी स्किन डिजीज़ इस समय गायों में फैली हुई एक ऐसी महामारी है जिसे आप गायों का कोरोना भी कह सकते हैं तो वेणु को क्लिनिक के अंदर ले जाकर हम अपने बाकी गाय बैलों को खतरे में नहीं डाल सकते थे अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम इसको कहीं बाहर रख के इसका इलाज करें हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि उसी दौरान एक और बैल हमारे क्लिनिक में आ गया उसका पैर किसी फुटबॉल की तरह सूजा हुआ था क्योंकि उसको फुटरॉट नाम की एक बीमारी थी फुटरॉट भी एक ऐसी बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर को हो सकती है अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था हमारा नया अंडर कंस्ट्रक्शन अस्पताल अभी अस्पताल को शुरू होने में तो छः महीने बाकी हैं पर हमें था कि हम किसी कमरे में इंतज़ाम करके वहीं पर इनका इलाज करें रोज यहां से रविंदर उनके घास और पानी का इंतजाम करने जाता और शाम को हमारे डॉक्टर्स उनका इलाज करने जाते कुछ हफ्ते चले इलाज के बाद वेणु का घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा था और जांच के बाद यह भी साफ हो गया कि अब उसको लंपी नहीं है हम बस इसी इंतजार में थे कि कब वेणु पूरी तरह ठीक हो जाए और उसको हम दीपाला के यहाँ पे शिफ्ट कर दें क्योंकि उसको भी फुटरॉट होने का एक चांस था और जैसे ही उसके घाव पे नई स्किन आना शुरू हो गई हमने उसको दीपाला के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया वेनु के रेस्क्यू और ने उसकी ट्रांसपोर्टेशन करी हमने उसका इलाज किया और दीपाला ने उसको घर दिया जब हम तीनों ने वो किया जो हम कर सकते थे तभी किसी ऐसे की मदद हुई जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता था